नमस्कार दोस्तों ब्रिटेन ने पिछले दो हफ्ते में काबुल से लगभग 15,000 ब्रिटेन और अफगानी नागरिकों को निकालने के बाद अपना बचाव अभियान खत्म कर दिया है आपको बता दें कि अफगानिस्तान में ब्रिटेन के राजदूत लॉरी वॉन्स ने शनिवार को जानकारी दी है इसी बीच ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बयान जारी कर कहा कि अफगानिस्तान से पिछले शनि की आखिरी खेप का निकलना एक ऐसा क्षण है जो हमें यह दिखाता है कि बीते दो दशकों में हमने क्या बलिदान किया और क्या हासिल किया है गौरतलब है कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर आतंकी संगठन तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद अफगानिस्तान स्थित ब्रिटिश के राजदूत को खाली कर लिया गया था इसी बीच अफगानिस्तान से दूसरा अपडेट निकलकर आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने शनिवार को कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर एक और आत्मघाती हमला का खतरा मतरा रहा है उन्होंने कहा कि अगले चौबीस से छत्तीस घंटे के भीतर एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमला होगा उधर हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने एयरपोर्ट के गेट से अपने सैनिकों को हटा दिया है अब इन गेट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान के हाथों में दे दी गई है और इसी बीच अमेरिका ने काबुल हवाई अड्डे पर तैनात अपने सैनिकों की वापसी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने शनिवार को कहा कि वाशिंगटन में अपने सहयोगी देशों से बात करने के बाद यह कदम उठाया गया है आपको बता दें कि पिछले दो हफ्तों से अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से लगभग एक लाख लोगों को बाहर निकाला है इसी के साथ पिछले बीस साल से अफगानिस्तान में जारी अमेरिका की जंग भी अब समाप्त हो गई है इसी बीच तालिबान ने पूरे एयरपोर्ट के इलाके पर अपना कब्जा भी कर लिया है आप कोई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जय हिंद जय जा भारत